इस वक्त घर के उस कमरे में बढ़ती गर्मी के बीच ध्रुव लगातार उस रंग की रोशनी को देखने लगा वो रोशनी तेजी से ध्रुव की जादुई कढ़ाई में जल रही थी जिससे ध्रुव की कढ़ाई भी लाल रंग की दिखने लगी थी इस दौरान ध्रुव अपनी पलक भी नहीं झपका पा रहा था और धीरे धीरे अपने पास रखी हुई कुछ जड़ी बूटियों को सीधे उस कढ़ाई में जलती रोशनी में फेंक रहा था और जैसे वो जड़ी बूटिया रोशनी के अंदर गई तो वो रोशनी एक पल के लिए और तेज चलने लगी फिर उस रोशनी ने सारी जड़ी बूटियों को धीरे से अपने आगोश में ले लिया इस दौरान ध्रुव ध्यान लगा कर कढ़ाई में जलती रोशनी को देख रहा था जिसके बाद उसने अपने हाथों को लहराते हुए रोशनी को काबू करना शुरू किया ध्रुव के ऐसा करते ही कड़ाही के अंदर जलती रोशनी अचानक से नाचने लगी जिसके कुछ पल बाद एक साफ लिक्विड तैयार होता हुआ दिखाई देने लगा उसके बाद ध्रुव ने उस लिक्विड को निखारना शुरू किया ताकि उससे बनने वाली गोली में जरा भी अशुद्धि न रहे इस वक्त ध्रुव के अंदरूनी शक्ति उसकी कड़ाई के अंदर जाकर रोशनी को काबू कर रही थी इसके चलते वो रोशनी कभी अचानक से बढ़ जाती तो कभी अचानक से घट जाती लेकिन हर वक्त वो थी ध्रुव के काबू में ही इस वक्त ध्रुव देखता रहा कि कैसे वो गोली धीरे धीरे तैयार होने लगी इस दौरान कमरे से बाहर बने बड़े से हॉल में इरा और बाकी दोनों बैठ इंतजार कर रहे थे फिलहाल वो लोग एक दूसरे से बात करते हुए जैसे तैसे वक्त गुजार रहे थे बीच बीच में उनकी नजर उस कमरे के दरवाजे पर पड़ती जिसके अंदर ध्रुव दवा बना रहा होता वैसे तो उन्हें ध्रुव पर पूरा यकीन था लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी बेचैनी भी महसूस हो रही थी इतने में बिजौरा ने बेसब्र होकर इरा और लीजा से पूछा आधा धन खत्म होने वाला है ध्रुव अभी तक बाहर क्यों नहीं आया इस पर इरा ने उसे समझाते हुए जवाब दिया थोड़ा और इंतजार करते हैं देखो हम लोग तो हकीम है नहीं इसलिए हमें नहीं पता कि दवाइयां तैयार करने में कितनी मेहनत और कितना वक्त लगता है मगर चाहे जो हो जाए हमें किसी भी कीमत पर ध्रुव को परेशान नहीं करना है वही उसकी बात सुनकर लीजा भी हामी भरने के अलावा और कुछ नहीं कह पाई वो भी जानती थी कि फिलहाल अगर वो तीनों कुछ कर सकते थे तो वो था ध्रुव के दवा बनाने का इंतजार लेकिन सिर्फ वो तीनों ही नहीं बल्कि पूरा जोशीले ग्रुप बेसब्री से ध्रुव के बाहर आने का इंतजार कर रहा था वो लोग इस बात को समझते थे की अगर ध्रुव दवा बनाने में नाकाम हुआ फिर तो सभी के हौसले पूरी तरह से टूट जायेंगे ऐसा इसलिए क्यूँकी जब से सभी लोगों ने ध्रुव को देखा था तब से अभी तक ध्रुव एक बार भी किसी चुनौती के सामने हारा नहीं था इसने वो सभी उम्मीद कर रहे थे कि आज ध्रुव अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होगा ही सब लोग बेसब्री से ध्रुव का तो नाखूनों को चबाते चबाते अपना पेट भर लिया था अचानक घर के अंदर एक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज को सुनते ही हॉल में बैठे तीनों ने तुरंत अपनी नजरें उस कमरे की तरफ की जहाँ ध्रुव दवाइयां तैयार कर रहा था उस दरवाजे को खुलता देख वो सभी हैरान रह गए थे लेकिन मनी मन वो चैन की सांस भी ले रहे थे इतने में वो दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से ध्रुव चलकर बाहर आया ध्रुव फिलहाल बहुत थका हुआ दिख रहा था और उसका शरीर पसीने से तर बतर हो गया था। लेकिन उसकी नजरों में फिलहाल एक ऐसी मायूसी थी जो हॉल में बैठे तीनों ने अभी तक नहीं देखी थी इस मायूसी के चलते तीनों के दिलों की धड़कने काफी तेजी से बढ़ने लगी और किसी ने भी ध्रुव से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की तभी अचानक ध्रुव के चेहरे की मायूसी गायब होने लगी और उसकी जगह एक बड़ी मुस्कुराहट ने ले ली जिसके साथ ध्रुव तीनों के मायूस चेहरों को देखने लगा ये देखकर सभी लोग समझ गए थे ध्रुव मायूस बनने की एक्टिंग करके ध्रुव मन एक कर कर कर तुरंत बीच में रखी टेबल के पास आकर खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ लहराते हुए तकरीबन दो सौ बोतल सीधे उस बड़ी सी टेबल पर रख दी ऐसा करते ही ध्रुव ने देखा कि वहां खड़े तीनों के मुंह हैरानी में खुले के खुले रह गए जिसे देखकर ध्रुव ने कहा कदर दान साहिबान पेश है आपके सामने महान हकीम ध्रुव की बनाई तीन तरह के असरदार आपके सामने टेबल पर रखी जो बोतलेंख्म बोतले तो करने वाली गोली की बोतलें हैं इतना ही नहीं बाकी बची छत्तीस बोतलें हैं छोटी बर्फीली गोलियों की इसका मतलब कुल मिलाकर हमारे पास एक सौ इक्यासी दवा की बोतलें हैं ये कहते हुए ध्रुव जोर से हंसने लगा और उसकी बातें सुनकर तीनों ने एक साथ हैरान होते हुए कहा इतनी सारी बोतलें और कुछ पल एक दूसरे को हैरानी में देखने के बाद तीनों के चेहरों पर उम्मीद नहीं थी इतने एक पर बैठा थे तीनों से कहा खुशकिस्मती से मैं एक भी गोली बनाने में नाकाम नहीं हुआ अब मैंने अपना काम तो कर लिया है लेकिन इन गोलियों को बेचने के लिए मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सच कहू तुम मैं हा बहुत थक गया हूँ वही उसकी बात सुनकर इरा और बाकी दोनों ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और वो तीनों टेबल पर रखी बोतलें गिनने लगे उसके बाद वो तीनों गोलियों को बेचने की तरकीबें सोचने में लग गए फिर जब तीनों ने अपनी बातचीत खत्म की तो इरा ने पलटकर ध्रुव से कहा ध्रुव हमने सोचा है मगर वो ये सब देखकर हैरान हो गए की ध्रुव अब तक कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो चुका था यह देखकर वो तीनों हंसने लगे जिसके बाद इरा अंदर से ध्रुव को ओढ़ने के लिए एक चादर लेकर आई फिर उसने ध्रुव पर चादर ओढ़कर धीमी आवाज में कहा अच्छे से सुलझाओ ध्रुव जब तुम चाकोगे तब मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी उसके बाद वक्त गुजरता गया और जब ध्रुव की नींद खुली तब सूरज ढलने का वक्त हो चुका था इतने में ध्रुव तुरंत उठकर आस देखने लगा और जब उसे अपने ऊपर उड़ी गई चादर दिखी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई उसके बाद ध्रुव अपनी जगह पर खड़ा हुआ और नींद पूरी होने की वजह से वो एक बार फिर से तरोताजा महसूस करने लगा फिर ध्रुव उस हॉल में कुछ देर तक तो चलता रहा जिसके बाद उसे घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई पड़ी इतने में ध्रुव ने थोड़ा बेचैन होकर दरवाजे की तरफ नजर घुमाई और उसे देखा कि एक लड़का घर के अंदर आ रहा था फिर उस लड़के ने ध्रुव को जगा हुआ देखकर एक चैन की सांस ली और का, तो काबिलियत भी लाजवाब है तुम सुबह से शाम तक सोते ही रहे वही उस लड़के की बात सुनकर ध्रुव ने भी हंसते हुए जवाब दिया क्या करूं अतुल ये कम्बक नींद ऐसी चीज है खैर तुम ये बताओ किरा और बाकी लोग अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे इस पर अतुल ने ध्रुव को जवाब दिया हाँ बात तो ठीक कह रहे हो तुम और जोशीले ग्रुप के बाकी सभी मेंबर्स के वक्त तो तुम लोगों के बिना ये ग्रुप टिक नहीं पाता इसके लिए मैं तुम लोगों का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ ध्रुव को इस तरह अपना और बाकी मेम्बर्स का शुक्रिया अदा करते देख अतुल ने उसे समझाते हुए कहा लीडर तुम बिना रुलाओगे क्या देखो हम सभी जोशीले ग्रुप के मेंबर्स बनकर बहुत फक्र महसूस कर रहे हैं हमें तुम्हारे जैसे और हकीम के साथ रहने का मौका मिला तुमसे में सकते में जो जाबाज जोशीले ग्रुप को तैयार करने का फैसला मेरा ही था इसलिए इस ग्रुप के हर एक मेंबर की जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी एक बार सारी दवाइया बिक जाए फिर मैं इरा से कहकर तुम्हारी और बाकी दी गई आक शक्ति को दोगुना कर तुम सभी को लौटा दूंगा देखो मैं जानता हूं कि अब हम एक परिवार की तरह हैं, लेकिन धंधे की बात धंधे तक रहती है फिर चाहे वो परिवार से हो या फिर किसी और से ये सुनकर ध्रुव से कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक से बहुत से बहुत लोगों की कदमों की आवाज सुनाई देने लगी यह आवाज दरवाजे से थोड़ी दूर थी जिसे महसूस कर अतुल ने ध्रुव से कहा इकी लोग वापस लौट आए ये कहते वक्त अतुल के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी जिसके तुरंत बाद उसने और ध्रुव ने देखा कि घर का दरवाजा खुला और उसमें से ढेर सारे लोग अंदर आने लगे इस दौरान सभी लोग झूमते गाते दिखाई दे रहे थे और सबसे आगे इरा लीजा और थे। उनके चेहरों पर छाई खुशी और उनके खुशनुमा अंदाज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब हुए थे तभी इरा ने सभी को शांत होने का इशारा कर ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा ध्रुव तुम आकर जाग ही गए ये सुनकर ध्रुव ने कुर्सी पर बैठते हुए ईरा को भी बैठने का इशारा किया हाँ जाग ही गया वैसे तुम लोग आकर बैठ जाओ काफी थक गए होंगे वही उसकी बात सुनकर इरा और बाकी दोनों भी कुर्सी पर बैठ गए इस तरह एक ही था जैसे ध्रुव ने सभी को बैठते हुए देखा तो उसने मुस्कुरा कर इरा से सवाल किया कैसा रहा सब इस पर इरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब दिया ठीक ही था ऐसा कहूंगी तो बहुत गलत होगा ध्रुव तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन हमने तीस ताकत बढ़ाने वाली गोलियां बेचीं और पैंतीस जख्म ठीक करने वाली गोलियां मगर छोटी बर्फीली गोली हम वो ज्यादा नहीं बेच पाए कुल मिलाकर वो सिर्फ चौदह ही बिकी दरअसल हम बाजार में नए आए हैं इसलिए लोगों को हम पर ज्यादा यकीन नहीं है यही वजह की हमने ताकत बढ़ाने वाली गोली और जख्म ठीक करने वाली गोली का दाम एक दिन की आग रखा जो दवाई दलों की दवाइयों से सस्ता है रही बात छोटी बर्फीली गोली की तो उसकी कीमत हमने तीन दिन की आग रखी है इस हिसाब से हमने जितनी भी गोलियां आज बेची ध्रुव ने एक चैन तो की, तो का की, की सांस लेते हुए कहा पहले दिन के हिसाब से तो ये सच में काफी अच्छी बिक्री है जाहिर सी बात है की हमारा जाबाज जोशीले ग्रुप पहली बार दवाइयां बेच रहा है इसलिए लोगों को हम पर यकीन करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा क्योंकि लोग अभी जानते ही नहीं है कि हमारी गोली दवाई दल की गोली से भी है। उस से इतनी असरदार दवा बनाने में कामयाब नहीं होता और तो और इतनी दवाई भी नहीं बनती की पहले दिन के हिसाब से मुनाफा इतना ज्यादा होता इस पर इराने मुस्कुरा कर आगे कहा पहले तो हमने उम्मीद ही नहीं लगाई थी कि कोई भी छोटी बर्फीली गोली खरीदेगा लेकिन जिन लोगों ने वो दवा खरीदी है वो काफी ताकतवर थे और तो और उनके पास आग की भी कोई कमी नहीं थी तभी तो वो तीन दिन की आग देने के लिए राजी हो गए मगर मुझे लगता है कि एक दो दिन बाद ये गोलियां ही हमें सबसे ज्यादा मुनाफा कमा कर देने वाली हैं ध्रुव और ईरा की बात सुनकर ध्रुव ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया वो जानता था कि जैसे ही लोगों को उसकी बनाई दवा के असर पर यकीन हो जाएगा तो शायद वो अपने आप ही ये दवा खरीदने के लिए आगे आने लगेंगे इतने में ईरा ने एक पल थोड़ा झिझकने के बाद ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा मुझे लगता है कि हमने आज जो और तब वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे ये सुनते ही ध्रुव थोड़ा हैरान रह गया और उसने इसी हैरानी में कुछ सोचते हुए कहा क्या तुम ये कहना चाहती हो कि दवाई दल सारी जड़ी बूटियां खरीद लेगा वही उसे अपनी बात समझाते हुए ईरानी धीमी आवाज में कहा चाहे कोई कुछ क्यों ना कहे फिलहाल तो दवाई दल हमसे बहुत ज्यादा अमीर है वो लोग इतने सालों से दवाइयाँ बेचते आ रहे हैं इसलिए उनके पास आग शक्ति की कोई कमी नहीं है अगर वो हमारे इस्तेमाल की सारी जड़ी बूटियाँ खरीद लेंगे तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा ये सुनकर ध्रुव ने गहरी आवाज़ में जवाब दिया मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो या हम दवाई दल को कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकते भले ही उनकी दवा हमारी दवा से कम असरदार है लेकिन उनके पास आग शक्ति की कोई कमी नहीं है कल के कल तुम सभी को जरूरत की जड़ी बूटियां ग्रुप के सभी में तरफ करते हुए कहा आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है मैं वादा करता हूँ की आज की बिक्री में जिस जिस मेंबर ने हमारी मदद की है उन्हें पांच दिन की आक शक्ति दी जाएगी जब हम पूरी दवाइयां बेचने में कामयाब हो जाएंगे और याद रहे ध्रुव चौर ने एक बार जो वादा कर दिया फिर चाहे आंधी आए या तूफान वो बात से मुकरने वाला नहीं तो कैसे टकराएंगे जाबाज जोशीले ग्रुप के लोग दवाई दल के लोगों से जानने के लिए सुनते रह गए सुपर योद्धा जरिवांश के साथ सिर्फ एफ एम पर